सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया So na, why, Rabb? sona kyon rab ne banaya na sona kyon rab ne banaya aawaz aati hai naru aawaz aawaz aati hai naru aawaz aawaz enna sona tu sona enna